जगतगुरु गुरु राम भद्राचार्य अपनी कथा के पहले दिन से ही भोपाल का नाम भोजपाल करने पर अड़े हुए हैं। उनकी कथा के समापन में सीएम शिवराज और उनकी धर्मपत्नी साधना पहुंचे जहां सीएम से राम भद्राचार्य ने कहा कि भोपाल का नाम भोजपाल कर दो जिस पर सीएम ने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है मैं सिर्फ प्रस्ताव भेज सकता हूँ भोपाल में जगत गुरु द्वारा कथा कही जा रही थी और जगत पहले दिन से ही भोपाल को भोजपाल बनाने की मांग कर रहे थे उनसे मिलने कोई जाता है तो वह सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भोपाल का नाम भोजपाल कर दो वहीं कथा के समापन में मुख्यमंत्री शिवराज अपनी पत्नी साधना के साथ उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे इस दौरान जगतगुरु ने कहा शिवराज सिंह जी अगले चुनाव में आपकी ही जीत होगी इसकी मैंने पूरी रणनीति बना ली है साथ ही उन्होंने भोपाल का नाम भोजपाल करने की बात भी दोहराई